केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दतिया पहुंचे जहां उन्होंने सपरिवार पिताम्बरा देवी के दर्शन किए इस दौरान गडकरी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने उनसे पत्र लिखकर मंदिर परिसर के पास दो किलोमीटर का ओवरब्रिज और पिताम्बरा देवी के उत्तर द्वार से हेलीपैड तक रोड निर्माण की जो मांग की थी उन्होंने उस मांग को मंजूर कर लिया है चुनावी साल चल रहा है और इस साल मध्य प्रदेश के विकास कार्य के लिए कई घोषण की जा रही है वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दतिया पहुँचे जहाँ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य बीजेपी नेताओं ने उनका भविष्य स्वागत किया गडकरी ने पहले सपरवार मां पीतांबरा देवी के मंदिर पहुँच स्वस्ति वाचन के साथ पूजा अर्चना की इसके बाद प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे जहाँ उन्होंने जलाभिषेक किया इस दौरान नितिन गडकरी द्वारा पीताम्बरा मंदिर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी गयी गटकरी ने कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुझे पत्र लिखकर पीताम्बरा मंदिर के सामने लगभग दो किलोमीटर का ओवर ब्रिज और मंदिर के उत्तर द्वार से हेलीपैड तक पांच किलोमीटर की रोड के निर्माण की मांग की थी और मैं गृह मंत्री की दोनों मांगों को मानता हूं और जल्द ही दिल्ली जाकर इसकी मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा नरोत्तम जी ने मुझे दो बातें पत्र लिख मांग की थी एक तो यहाँ मंदिर के सामने एक ब्रिज बनाने की